बारिश एक कुदरत का नज़ारा है और इससे पूरी ज़िंदियाँ और जीवन की शुरुआत एक खुशहाली से हो जाती है देखिए कितनी भारी बारिश आज इस मौसम में 28 जून को सूरत में पड़ रही है और हम हैं पद्माकृति अपार्टमेंट सिटी लाइट सूरत में यहाँ पे पूरी टेरेसों का एक बूंद पानी ड्रेनेज के सहारे लेते हुए हारे जो बोरिंग पड़े हैं उनमें ये डाला जाता है अपन देखें कि इतनी तेज़ी के साथ सारी लाइनें एक जगह जमा हो के ये पानी कुंडियों में जाता है इस तरह की दो से चार कुंडियों में से होता हुआ ये प्रक्रिया में गुजरता हुआ ताकि इसमें सारा कचरा जो भी हो जमा हो जाए और शुद्ध पानी जो आखिरी कुंडी है उसमें से होता हुआ इस बोरिंग में जाए और इससे इस सीजन में लाखों लीटर पानी जमीन में जाता है और एक वाटर टेबल का निर्माण करता है अब हम देखें कितनी रफ्तार के साथ पानी इस बोरिंग में से उतरता हुआ जमीन में जा रहा है ये बोरिंग है इसमें पूरा का पूरा का पानी नीचे जा रहा है धरती माँ की यही अपन सेवा कर सकते हैं हर बिल्डिंग हर बंगले हर गांव हर फैक्ट्री हर इंडस्ट्री में अगर ये वाटर हार्वेसिंग सिस्टम यानी कि पानी की अगर बचत होने लगे तो हमें अरबों लीटर पानी इस जमीन में डाल के इस धरती माता की हम सेवा कर सकते हैं इसी से ही देश निर्माण होते हैं आज पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है इस किल्लत को हम दूर कर सकते हैं सरकार पूरा सहयोग देती ही है परंतु हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो खुद देश निर्माण में लगे और इस देश को पूरे विश्व पटल पे एक मजबूत बनाए जय हिंद बारिश एक कुदरत का नज़ारा है और इससे